मैं तोड़ती तो कोई बात नहीं मेरा साथ तोड़ गई तो कोई बात नहीं तोड़ तो तो कोई बात नहीं, मेरा साथ तो कोई बात बात नहीं नहीं साथ गई फिर से हम लड़की बताएंगे मुझे बेरो दा तो तो कोई कोई बात बात नहीं नहीं मेरा साथ गई तो फिर से हम लड़की रे तो गे रे गे रे तुझे जलाएंगे ब्रेकअप के पार्टी मनाएंगे कॉमेंट कर ना भूलबाइक हमारे बस से मन के वीडियो मन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद